ऐसे ही इंसान की न मजहब की न भगवान की हमें जरूरत है तो बस ऐसे ही इंसान की ऐसे ही इंसान की दोस्तों आज मैं चुनावी साक्षात्कार के पक्ष में बोलने जा रहा हूं लोकतंत्र की मजबूती के लिए साक्षरता जरूरी लोकतंत्र जनता जनता के द्वारा जनता के लिए ही प्रतिनिधि चुनना अगर इसमें साक्षरता को महत्व दे दिया जाए तो मैं 100 परसेंट यह दावा करता हूं कि हमारे देश में शिक्षा तो होगा लेकिन भीख मांगने वाले नहीं होगा मतलब भीखचा ही नहीं होगी अशिक्षा के कारण लोग जातिवाद सोचते हैं कि यह हमारे जाति का लोग है ये हमारे जाति का लोग है तो हम इसे ही वोट देंगे परिवारवाद समाजवाद हमारे समाज का लोग है इसे ही वोट देंगे मित्रों ऐसा कुछ नहीं है हमें अपने जातिवाद और परिवारवाद पर ध्यान नहीं देना है हमें चुनना है कि कौन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ काम करेगा कौन हमारा प्रतिनिधित्व तो करेगा जो हमारी शिकायतों को हमारी मांगों को हमारे परेशानियों को आगे तक ले जाए वो खुद जो हो सके उसे समस्या को समाधान कर सके हमारा और एक और पारस पत्थर के समान है पत्थर को आप जानते हैं कि वो लोहा को पत्थर बना सकते हैं उसी प्रकार से वो हमारा एक और अगर कहीं चाहे तो एक और किसी सरकार को गिरा सकती है किसी को बना भी सकती है मैं यही कहना चाहता हूं अगर शिक्षा रहेगा तो लोग भड़कावे में आ जाएंगे मतलब वो सही गलत का चुनाव नहीं कर पाएंगे अगर कोई कहता है कि मैं ये बनवाऊंगा वो बनाऊंगा वो उस बात पर लालच में आ जाएगा वो ये ध्यान नहीं देगा कि इसके लिए बजट कहां से लाएगा इसके लिए पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी वो लालच में ही चलते जाएगा और उसको जिता देगा फिर वो बाद में मुकर जाएगा कि हमारा पास बजट ही नहीं है तो हम कहां से ऐसा करें इस प्रकार हमारा देश घाटे की अर्थव्यवस्था तो में चला जाएगा अंत में गांव गली में शोर कर मुहर लगाए बर जोर करबो अरे गांव गली मोर कर करबो मुहर लगाए बर जोर करबो गांव उन्नति लाबो ऐसे मन मन अपन नेता बनाबो जनहित जम्बोले लर जाही गरीब खेला हर चीज दोस्तों अगर हम शिक्षित रहेंगे हमारा प्रतिनिधि कुछ गलत काम करता है तो हम उसका शिकायत आगे तर जा सकते हैं यश कब कब कर सकते हैं जब हम लोग शिक्षित रहेंगे हम जानकार रहेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है तो हमें शिकायत कहां पर करना है इस चीज की जानकारी हमें शिक्षा दिलाती है कहा जाता है कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है अगर राजनीति के क्षेत्र में कहा जाए दोस्तों तो पशु से भी के गुजरे इंसान है अगर शिक्षा को महत्व दिया जाए तो मेरा कहना है शिक्षा होगा मगर इच्छा तो नहीं होगा दोस्तों गरीब से गरीब इंसान को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किए मतलब नेताओं को ऐसी होना चाहिए जो गरीब से गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करा सके उसके लिए आवाज भोजन जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है उसको मतलब करा सके यदि हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर देखा जाए तो सच अशिक्षित आदमी होगा क्या आप लोग बताए निर्णायक महोदय क्या शिक्षित आदमी को जानकारी होगा नहीं होगा वो बस गांव ही स्तर में चर्चा कहे, करते रहेगा कि भाई ये ऐसा कर रहा है ये ऐसा कर रहा है इसको ऐसा इतना पैसा खा रहा है वैसा कर रहा है वो सही जगह पहुंच ही नहीं पाएगा उसकी गपशप से क्या मतलब व्यवर्थ व्यर्थ के चर्चा से क्या मतलब उसको सी साहब के पास या फिर विभाग विशेष के पास आकर शिकायत करना चाहिए कि यह गलत कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए मैं अंत में और यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा एक और पारस पत्थर के समान है और विपक्ष के लिए कहा जाए तो हमारा एक और लाठी के समान है जो उसकी गलत कार्यों उसकी अभद्र व्यवहारों पर लाठी मार सकता है और पारस पत्थर के रूप में देखा जाए तो एक सर्वश्रेष्ठ नेता को जिता हमारा सर्वश्रेष्ठ जन प्रतिनिधि को सामने लाकर हमारा जनहित करा सकता है जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ इसी कड़ी में है शिव